और लोग डरेंगे तुमसे डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है आ, मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे दिया आ,